यमुना नदी के किनारे बसा हुआ और दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर और आगरा से करीब 120 किलोमीटर पूर्व में स्थित यह शहर इटावा है इटावा को उसके दूसरे नाम इस दिकापुरी के नाम से जाना जाता है इटावा रेलवे स्टेशन के पास में करीब एक किलोमीटर दूरी पर एक स्पोर्ट स्टेडियम है जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फोले स्टेडियम है आप देख रहे हैं बच्चे इसमें क्रिकेट ग्राउंड है और इसमें लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं इस स्टेडियम में आपको हॉकी का ग्राउंड भी मिल जाएगा और यहां पर टेनिस का ग्राउंड भी है इस समय हम इटावा सफारी पार्क पर मौजूद हैं और यह पार्क इटावा भिंड बाईपास रोड पर स्थित है इटावा सफारी पार्क मुख्य रूप से एशियाई शहरों के लिए सुविख्यात है अभी तक भारत में एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों तक ही सीमित थे 350 हेक्टेयर के इस पार्क में आप लाइन सफारी डियर सफारी बीयर सफारी का आनंद ले सकते हैं टिकट्स की बात की जाए तो यहाँ पर नॉन एसी का टू हंड्रेड रुपीज़ राइडिंग एसी का थ्री हंड्रेड रुपीज़ राइडिंग और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो ग्यारह सौ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे ये आपका दिख रहा है एंट्रेंस है यहा, यहाँ यहाँ से अंदर जाएंगे थोड़ी देर पर तो आपको एक बस मिलेगी ये देख सकते हैं यहाँ पर आप हाइट है यहाँ पर आप रुक सकते हैं इसी बस के माध्यम से आपको पूरा सफारी घुमाया जाएगा ये देखिए हिरन दिख रहा है स्टैचूज का ये देखिए खूबसूरत सा जंगल दिख रहा है आपको ये देखिए आपको एक हिरन दिख रहा है कुछ घास खाता हुआ ये देखिए बहुत सारे हिरण्य एक साथ यहाँ पर कुछ खाने की तलाश कर रहे हैं और ये देखिए आप डियर सफारी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप डियर यानी भालू का आनंद ले सकते हैं ये आप लाइन सफारी के अंदर मौजूद हैं तो यहाँ पर देखिए ये जेसीबा है जो कि शेरनी है सामने दिखी और दिख रही है और उसके राइट साइड पर ही ये सिम्बा सोया हुआ है ये शेर है